अपने सेटिंग्स से पहुंचना है तो फ्रेंड्स मैं अपने सेटिंग्स में चला जा रहा हूं और यहां पे आपको डेटा यूजर्स फाइंड करना है तो अगर आपको फाइंड फाइन करने में मुश्किल आ रहा है तो यहां पे आप सर्च कर सकते हैं बैकग्राउंड डाटा तो मैं बैकग्राउंड सर्च करने था हाई बैकग्राउंड पावर तो ये आ गया ना तो इस पर क्लिक करना है तो हाई बैकग्राउंड बैटरी यूजेस देखिए ये हमारा सब इतना बैटरी ये देखिए नाइन एप्स आर अलाउड टू देखिए ये हमारा ज़्यादा बैकग्राउंड बे, बे, पावर कंज्यूम इज़ हाई देखिए ये हमारा ज़्यादा बैटरी खा रहा है तो देख देख सकते हैं आप यहां पे कितना एम खा रहा है ये थ्री पॉइंट टू एम एच बैटरी खा रहा है देखिए और ऐसे ही हमारा बैटरी ज़्यादा लास्टिंग नहीं करता तो फ्रेंड्स हमें इनोको ऑफ कर देना है तो फ्रेंड्स मैं ऑफ कर लेता हूँ तो फ्रेंड्स अब हमारा जीरो एप्स हो चुका है तो फ्रेंड्स कुछ इसी तरीके से आप अपने भी फ़ोन के बैटरी को बचा सकते हैं और डेटा को भी बचा सकते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के मजेदार वीडियो देखने के लिए तब तक ले जय हिंद जय भारत थैंक यू फ्रेंड्स